है hey फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बीस्ट एग्जाम टारगेट में आज हम लेकर आए हैं लोहा उत्पादक प्रमुख देशों के नाम को याद करने की ट्रिक तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी ट्रिक है वो है लोहा उत्पादक प्रमुख देशों के नाम याद करने की और वो ट्रिक है बी सी, बी -सी ट्रिक है यानी कि बी हो जाएगा ब्राजील और सी से हो जाएगा चीन और ए सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी ट्रिक और ऐसी ट्रिकी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एग्जाम टारगेट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद